भाई और मैंने फिर से आप सबसे लोग स्वागत है अपने वीडियो के अंदर मैं हूँ तो आपके वीडियो डुप्लेक्स यूट्यूब चैनल प्रो प्लेयर क्या यूज़ करते हैं हम ये गैजेट्स के बारे में जानने वाले हैं ये कौन कौन से गैजेट्स हैं जो प्रो प्लेयर जा... मतलब यूज़ करते हैं और वो प्रो बन जाते हैं हेडसेट उनका काफ़ी आसानी से लग जाता है तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जैसे कि हम सभी को पता ही होगा कि राज स्टारू भाई सीरीज का यूज़ करते हैं और जो मोबाइल में हैं वो एक ऐसा ग्लास आता है जिसमें आपका हेडसेट बहुत ही तगड़ा वाला लगता है तो उस उस टेम्पर ग्लास का नाम मैं आपको बता देता हूँ उसका टेम्पर ग्लास का नाम है मैट टेम्पर ग्लास जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब सवाल है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे कि ये मैट टेम्पर ग्लास ही है तो आपको मैं बस बत बता दूँ कि जो सिंपल टेम्पर ग्लास होता है उसके आर पर देखा जा दे सकता है ठीक है और जो मैथ टेम्पर ग्लास होता है उसके आर आर नहीं देख सकता है, मतलब धूमरा जैसा दिखता है जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं थोड़ी देर है। या फिर मैं इसे फिर से दोबारा दिखा देता हूँ जो आप टेम्पर ग्लास देख रहे हैं ये ऐसा ही टेम्पर ग्लास होगा मैट टेम्पर ग्लास और जो नॉर्मल टेम्पर ग्लास होता है वो कुछ इस प्रकार बने जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसके आर पार आसानी से दिखाई देता है आपको ये वाला टेम्पर ग्लास नहीं लगवाना है बल्कि मैट टेम्पर ग्लास लगाना है जिस जो हल्का ब्लैक की तरह दिखता है और इसमें से कुछ धुंधला धुंधला आर पार दिखाई देता है तो इससे ही हेड शोट मार पाते हैं जैसे कि उंगली आपके इस पर ज़्यादा फिसलता है तो हेड लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट दोनों तो बात करते हैं दूसरे की तो जो प्रो प्लेयर होते हैं उनका मोबाइल होता है जो बहुत ही महंगा होता है इनके लिए उनका इसलिए उसका मोबाइल जल्दी हीट नहीं होता है अगर हीट भी होता है तो वो फ़ोन कूलर का यूज़ करते हैं जैसा कि मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये फ़ोन कूलर काम कैसे करता है तो जो आपका फ़ोन का प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर जो होता है आपका अगर आप गेम खेलते हैं तो शुरू शुरू में वो हीट नहीं होता है तो इसलिए वो आसानी से अच्छा और गेम चलता है और कुछ देर खेल लीजिएगा तो बीच में गेम में वो लेक करने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बाकी सिस्टम होते हैं वो उसे संभाल नहीं पाता और आपके गेम में कम पावर सप्लाई करता है जिससे आपका मतलब गेम लैग चलने लगता है क्योंकि आपका प्रोसेसर बहुत चला होता है और गेम में पावर कम देने लगता है बाद में क्योंकि स्टार्टिंग में हीट होने लगता है स्टार्टिंग में नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता है थोड़ी देर बाद आपको पता ही होगा लैग करने लगता है मोबाइल भी हीट हो जाता है तो उसमें फुल कोई गेम फोन कूलर का यूज़ करते हैं तो फोन कूलर आपको कहाँ से मिलेगा फोन कूलर आपको, आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मिल जाएंगे जैसे कि स्क्रीन पर देख ये चारों के चारों फ़ोन कूलर हैं जो कि आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे आपको बस सर्च बार में फ़ोन कूलर सर्च मारना है लेकिन ये 1700 से 1800, 400, 300, 400 इतने महंगे हैं जो 300-400 वाले हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो मैं आपको एक परफेक्ट आइडिया देने वाला हूँ जिससे फ़ोन कूलर का जगह पर एकदम सस्ते में आप अपना यूज़ कर पाएंगे और आपका गेम भी एकदम तो मस्त चलेगा फ़ोन कूलर से भी अच्छा तो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में बाद में बताऊँगा तो इसलिए वीडियो कॉल तक बने रहें तो फ़ोन खोला है ना वो महंगे लोग की जो अमीर लोग हैं वही खरीदते हैं और अगर आपके स्टूडेंट हैं और तो आप इसे खरीदते हैं तो आपको घर पर डांस कर सकती है बहुत अच्छी वही डांस करेगी इसलिए आप मैं सलाह दूँगा कि आप ना ख़रीदें तो आप लोग ना करें तो इसके लिए आप कोई ख़रीदने के लिए आपको करना खरीदना नहीं है जिससे आपके घर में टेबल फेन होगा ना उसके सामने मोबाइल को रख दीजिएगा और उसके पीछे आप बैठ जाइएगा तो आपका देखिएगा मोबाइल एकदम ठंडा रहेगा जिसलिए आपका है, ले लगेगा और जो उसका एकदम स्मूथ लगेगा ठीक है ठीके? और प्रोसेसर पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपको मोबाइल भी लेग ले नहीं करेगा और बात करते हैं फिंगर स्लिप्स जो फिंगर स्लिप्स होता है ना वो फिंगर लिप्स या पाउडर आप से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं मैं तो कहूंगा कि पाउडर का नहीं यूज़ करिए क्योंकि आप अगर पाउडर पॉकेट में लेकर जाते हैं कहीं भी खेलने के लिए तो क्या होता है कि पाउडर आपका पॉकेट में कभी गिर जाएगा या जा फिर कहीं निकालिएगा पाउडर तो कोई क्या कहेगा कि छी छी सर का बेटा पाउडर लग जाता है इसलिए मत करिए तो फिंगर स्टिप्स आपको अगर आप पूछ रहे हैं फिंगर स्टिप्स कहाँ से इतना महँगा मिलता है तो मैंने इसके आपको सोफी ऐप सर्च मारना है प्ले स्टोर पर उसके बाद आपको सोफ़ी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और सोफ़ी ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पर फिंगर स्लिप सर्च मार लीजिएगा या फिर मैंने एक वीडियो बनाया था कल उसमें आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उसे देख लीजिएगा ठीक है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से देख लीजिएगा कि सोफ़ी ऐप से कैसे खरीदा जाता है ठीक है फिंगर स्लिप जो कि आपको में मिल जाएगा ऑनलाइन एकदम आप विश्वास नहीं करेंगे मैं सही जानकारी है भाई ठीक है बात करते हैं फिंगर स्लिप से होने वाले फायदे के बारे में जैसा कि आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि फिंगर स्लिप जो होता है ना अगर आप उसको बाहर पहन कर खेलते हैं तो आपके दोस्त कैब आप से जलेंगे या चिढ़ेंगे कि भाई ये अपना प्रो इसमें डेढ़ सौ दो सौ का ख़रीदा है तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों को चलाना नहीं चाहिए लोग दे दीजिएगा क्योंकि वो आपके दोस्ती हैं उनको मतलब ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे वो वीडियो देख सकें और उनको पता चल पाए कि फिंगर स्लिप्स कहाँ से सस्ते में मिलता है ठीक है और और फिंगर स्लिप से मुझे तो बस एक ही प्रॉब्लम नज़र आता है जब आप स्क्रीन को रोटेट करते हैं या वहाँ मुड़ाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन वो भी एक से दो दिन के लिए ना आदत लग जाएगी लेकिन फिंगर स्लिप से जो हेडसोट लगता है ना उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ऐसे ही हेडसोट नहीं लग जाएगा ठीक है ना आप इसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अगर आप जैसे कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग रन में जाकर प्रैक्टिस किया करिएगा और सेंसिटिविटी भी आपकी ज़रूरी है उतनी ही जितनी कि फिंगर आपको फिसलना ज़रूरी है ठीक है ना तो सेंसिटिविटी के बारे में आप नहीं चाहते तो मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आपको बेस्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी आपका एक से आठ जी तक का मोबाइल का सेंसिटिविटी मिल जाएगी ठीक है ना तो मैथ टेंपर क्लास जो है ना वो 70 से अस्सी रुपए की आपको अंदर मिल जाएगी 50 से 60 रुपए के तो इसे आप वो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन परचेज़ नहीं करिएगा क्योंकि ऑनलाइन परचेज़ करिएगा तो वो आपको तो मोबाइल में लगा कर देगा नहीं मोबाइल में मतलब फ़िट करके नहीं देगा तो आपको करना क्या है कि आपके आस पास के स्टोर में जाना है और दस बीस रुपये वो कम भी दे कर देगा और आपको अच्छे से सेट से करके भी दे देगा और जैसे आपको अच्छा फ़ायदा होगा और कम में मिल जाएगा ऑनलाइन पे वैसे डिलीवरी चार्ज क्या क्या फिजूल खर्ची ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैट टेम्पर ग्लास लगवा लेना और ध्यान से मैट टेम्पर ग्लास लगवाते समय ये देख लेना कि वो ब्लैक है ना और ब्लैक के साथ साथ उसमें कुछ धुंधला जैसे धुंधला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अगर एकदम साफ दिख रहा है तो वो टेम टेंप, टेम्पर ग्लास नहीं है ठीक है ना और आप लोग कह रहे हैं कि टेबल फेन के सामने बैठेंगे तो ठंड लग जाएगी तो ऐसा नहीं है आप टेबल फेन को मोबाइल के सामने रख दीजिएगा मोबाइल को टेबल फेन के सामने रख दीजिएगा आप साइड में बैठ जाइए जिससे आपको हवा नहीं लगेगी सिर्फ आपके मोबाइल को हवा लगेगी और आपका मोबाइल ठंडा रहेगा ऐसे ही फ्री फायर और हेडसेट के बारे में जानकारी के लिए जो वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत